राम राम बाबू जी क्या है कौन है तू जी हम नए धोबी हैं। राम पकावन राम खिलावन भैया गाँव गए हैं ना तो हम उनकी जगह पर आए हैं मैं लॉन्ड्री के कपड़े लेने आया हूँ कपड़ेगा <laughs> अब जानता ही मैं कौन हूँ नहीं मैं पूरी बिल्डिंग का लैंड लॉडू लैंड राठौड़ नाम है मेरा राठौड़ राजपूत है हम लोग हम लोग धोबियों ऐसी कपड़े नहीं धुलवाते तो मेले कपड़े पहनते हैं खड़ा सामने। वो मेरी बीवी है और हम राठौड़ खानदान के लोग अपनी बीवी से अपने कपड़े धुलवाते हैं इस बोल। समझ गया कपड़े लेने आया ना तो सबसे पहले मैं केरी धुलाई कर दूंगा समझा रहा पकाऊ नहीं अरे यार, इतना पकाता तो पकाऊ हुआ ना यार राठौड़ के तुम क्या कह रहे थे? हा? तुम्हारे खानदान में बीवियां कपड़े धोती हैं? नहीं नहीं नहीं वो वो तो धोबी नहीं आना, न, तो मैं वो, वो, तो है यहाँ की लैंड लेडी तो तुम ही हो वो तो मैं हूँ ही मगर वो दूरबीन ऐसी क्या देख रहे थे वो भी दिन में तो दूर भी है ना तो बहुत दूर के मैं अमेरिकन तारे देख रहा था वहाँ तो रात है अभी वहाँ रात है बहुत शौक है ना तुम्हें तारे देखने का मैं तुमको तारे दिखाती पर... हूँ इंडिया में वो भी दिन में तुम्हें तारे देखने हैं ना मैं दिखाती हूँ तुम्हें तारे दिन में बहुत तारे दिन देखना शौक है ना कोमल तुम्हारो लेकिन रिक्वेस्ट है अपने कोमल हाथों से कम मारो और आहिस्ता मारो प्लीज मारो सुनो जानू मैंने डिसाइड किया है क्या? आज मैं आपको नहीं मारूंगी थैंक यू थैंक यू डार्लिंग आई एम गोइंग टू